मेडम को बा हो मिला अरे, अरे सुरेश कुमार कोरोना के अरे पपा सा मीरा से कर राम के दो ऐ पापा सा मीरा भक्ती अरे मैं के बाण धोर जाके इसे अरे सुरेश उमा बैठे कई जोपो अरे भी में आरे मीरा में कई जोब मेरे भी में घर को पापा मेरे बाल पपा सा